न जाने कौन से गुन पे दयान भी इझ जाते हैं न जाने कौन से गुन पे दयान भी रिझ जाते हैं न जाने जाते हैं न जाने कौन से गुण पे दयान रे रिझ जाते हैं के भक्त कहते हैं सदा सदागित यही गाते हैं न जाने कौन से गुण पे दयान भी नहीं सुई कार करते हैं निमंत्रण निरपुजो धन का नहीं सुई कार करते हैं निमंत्रण निरपुजो धन का निमंत्रण निरपुजो का निमंत्रण निरपुजो धन का दुर के घर पहुंचे कर के विदुर के घर पहुंचे कर भोग छिले को का लगाते हैं न जाने कौन से गुनते दयान दे विजय जाते हैं सुख व्यथा तुम के गोपियों की दुख व्यथा तुम जाने पे दुर्पद जा के बुलाने पर काते दौड़े आते हैं न जान कौन से दयान रिज जाते हैं न रो बन गन सुन के पिता की वेदना कर गीध लिटा कर गिध को निज गोद में आंसू बहाते हैं न जाने कौन से गुणपे दयान रिझ जाते हैं कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को मिले कुछ बिंदु विधि हर को वो चरणों तक चरणों देंग जाकर के भक्त कते हैं सदा गठ यही जाते हैं कौन से गुणप दयान जी विध जाते हैं